एक औरत को शादी के कई साल बाद ख़याल आया कि अगर वो अपने पति को छोड़कर कहीं चली जाए तो वह कैसा महसूस करेगा यह विचार आते ही उसने कागज़ लिया और उस पर लिखा अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती मैं ऊब गई हूँ तुम्हारे साथ से मैं घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए उस पत्र को उसने टेबल पर रखा और जब पति आने का टाइम हुआ उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए वह बैड के नीचे छुप गई पति आया और उसने टेबल पर रखा पत्र पढ़ा कुछ देर बाद चुप्पी के बाद पत्र के नीचे कुछ लिखा फिर खुशी से सीटी बजाने लगा गीत गाने लगा और डांस भी करने लगा और कपड़े बदलने के दौरान उसने किसी को फ़ोन किया और कहा आज मैं एकदम मुक्त हो गया हूँ शायद मेरी मूर्ख पत्नी को समझ में आ गया है कि वह मेरे लायक नहीं थी आज वो हमेशा घर छोड़ चली गई है अब मैं आजाद हूँ तुमसे मिलने के लिए मैं आ रहा हूँ कपड़े बदल कर तुम्हारे पास तुम तैयार होकर मेरे घर के सामने वाले पार्क में आ जाओ अभी कपड़े बदल कर पति बाहर निकला आंसू भरी आंखों से पत्नी बैड के नीचे से निकली और कांपते हाथों से पत्र के नीचे लिखी लाइन पड़ी जिसमें लिखा था बेड के नीचे से पैर दिख रहे हैं बावली पार्क के पास से सिगरेट लेके आ रहा हूँ तू तुछ... चाय बना ले रोचक कहानियों के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें थैंक यू